नमस्कार आज हम पुस्तक चर्चा कर रहे हैं पत्रकारिता के विविध आयाम नाम की किताब वरिष्ठ आंचलिक पत्रकार श्याम चतुर्वेदी ने लिखी है तकरीबन 150 पन्ने की इस किताब में पत्रकारिता के इतिहास से लेकर समाचार संकलन समाचार के स्रोत संपादन कला पत्रकारिता के प्रकार तक विस्तार से लिखा गया है रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता फीचर लेखन सहित तमाम जानकारियों का समावेश पुस्तक में श्याम चतुर्वेदी जी ने किया है श्याम चतुर्वेदी की हालांकि ये पहली किताब है लेकिन भोपाल इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में बैठे कथित पत्रकार किताब माफियाओं को यह किताब बहुत कुछ सिखाएगी साल के श्याम चतुर्वेदी एक मिसाल हैं कि विदिशा जिले की लटेरी तहसील में रहकर भी उन्होंने अपने जज्बे को कम नहीं किया और अपने अनुभव के आधार पर पत्रकारिता के विविध आयाम पुस्तक की रचना कर दी ये किताब पत्रकारिता सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुपम कृति है भोपाल के लोक प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है इस उमदा पुस्तक में श्यामजी से एक विषय छूट सा गया लगता है वो है वेब या डिजिटल पत्रकारिता अब जमाना इसी का है सो उम्मीद की जानी चाहिए इस पुस्तक के अगले संस्करण में श्याम चतुर्वेदी जी इस कमी को भी पूरा कर देंगे